के आर वर्सेस एस के आईपीएल पी में यूथ शनिवार को डबल हेडर का दिन होता है लेकिन आज एक ही मैच खेली गया पुणे के महाराष्ट्र के केसंग स्टेडियम में आमने सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स वार्स सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच में कोलकाता ने चौपन रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नाबाद उन और सेम विलगेंस के चौतीस रनों के दम पर एक रन बनाए हैदराबाद एक रन ही बना सकी जीत के साथ कोलकाता ने आप आपने आपको प्ले ऑफ की रेस में कायम रखा है सनराइजर्स भी अभी भी रेस में है तो दोनों टीमों यहाँ 14-14 अंक तक की जा सकती है और अगर इन दोनों टीमों में कोई आगे जाना है तो बाकी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा तो आज के लिए इतना ही है इसका तो वीडियो अच्छी तब तक बाय बाय